आज मैं आप लोगों को बतलाऊँगा सर्दी से बचने के 11 तरीके तो वो कौन से तरीके हैं तो इन सारे तरीक़ों को जल्दी से फटाफट जान लीजिए। पहली चीज़ ये है कि अपने कानों की हिफाजत करें और इनको गर्म रखने के लिए मुनासिब बंदोबस्त कीजिए हर वक्त अपने कान बांधे रखिए क्योंकि सर्दी ज़्यादा पड़ रही है इसी तरीके से दूसरी चीज़ है सर्दी से बचने के लिए नंगे पाँव चलने से अपने आप को ज़्यादा बचाएँ नंगे पाँव चलने से बचें और मोटी पैरों में सॉक्स पहने जरवाबे पहने यानी बंद जूतों का इस्तेमाल कीजिए मोटे मोटे मोजे पहनकर बंद बंद जूतों का इस्तेमाल कीजिए तीसरी चीज़ है सर्दी से बचने के लिए कम से कम हफ्ते में दो बार उबला हुआ अंडा इस्तेमाल ज़रूर करें चौथी चीज़ है मौसमी फलों का सर्दी में इस्तेमाल कीजिए जैसे सेब है संतरा है ताज़ा सब्जियों का भी इस्तेमाल करें ताज़ा सब्जियों का भी इस्तेमाल करें सर्दी में पाँचवीं चीज़ है सर्दी के मौसम में पानी और फूलों का जूस का ज़्यादा इस्तेमाल करें पानी और फूलों के जूस का ज़्यादा इस्तेमाल करें यह सर्दी में हमारे लिए फ़ायदेमंद है सर्दी के मौसम में ठंडा पानी नहीं बल्कि आपको गर्म पानी पीना और जूस का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है इसी तरीके से छठी चीज़ है सर्दी के मौसम में ठंडे और खुश्क मौसम की वजह से पांव के एड़ियाँ हमारी ज़्यादातर फट जाती हैं और होट भी हमारे क्या होते हैं खुश्क हो जाते हैं फट जाते हैं इस सूरत में हमें क्या करना लिक्विड ग्रेसरीन यानी पेट्रोलीम पेट्रोलीम ऑयल का इस्तेमाल कीजिए ऐसी हालत में इसी तरीके से सातवीं चीज़ है हतीमकान जब भी हमें वक्त मिले कुछ देर हम धूप में ज़रूर बैठें यह भी सर्दी से बचने हैं इसी तरीके से आठवीं चीज़ें सर्दी के मौसम में अक्सर नज़ला ज़ुकाम हो ही जाता है इस सूरत में गर्म पानी में बाम डालकर थोड़ा सा अपने आप को भाँप लीजिए इसी तरीक़े से नवी चीज़ें नज़ला ज़ुकाम की सूरत में देसी जड़ी बूटियों का जो हमें पीना है नज़ला जुकाम अगर हो जाए इस सूरत में देसी जड़ी बूटियों का जो शानदार हमारे लिए फ़ायदेमंद है इसी तरीके दसवीं चीज़ है ख़ाली ज़मीन पर ना सोएं खाली फ़र्श पर ना सोएं सर्दी की वजह से बीमार होने का अंदेशा है तो क्या करें मोटा कपड़ा बिछा लें कोई गद्दा वद्दा बिछा लें उसके ऊपर सोएं अपने आपको सर्दी से बचाना है इसी तरीके से ग्यारहवीं चीज़ है सर्दी के मौसम में मोटरसाइकिल पर सफ़र करना या और भी खुरी चीज़ों पर सफ़र करना हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता अगर मोटरसाइकिल पर सफर सफ़र होकर कभी सवार होकर सफ़र करना भी पड़े तो हेलमेट ऐसी सूरत में ज़रूर पहने और गर्म कपड़े ज़रूर पहने तो ये हमने 11 तरीके बतलाए सर्दी से बचने के लिए जो कि 11 के 11 पूरे के पूरे इम्पोर्टेंट हैं और अगर नहीं करा तो फिर आप सर्दी जगड़ सकती है आपको सर्दी अपना निशाना बना सकती है तो प्लीज़ इन बातों को ज़रा सोचें और बच बच्च, बच्चों का ज़्यादातर ख्याल रखें सब दिनों का और बड़े बूढ़े लोग इन बातों पर खूब अमल करें नौजवानों में क्या है कि वो तो अभी ऐसे ही चल रहा है कुछ काम उनके पूरे हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है तो प्लीज़ हम कहना यही चाहते हैं कि सभी लोग इन कामों को पूरा करें